वाह मजा आ गया एकदम इस साल को भी बर्बाद करके इस साल भी अपनी ख्वाहिशों और कामयाबी का गला घूट के इस साल भी वही गलतियां करके जो मैं हर साल करता हूं हर साल की तरह इस साल भी कुछ खास नहीं उखाड़ सका कुछ खास नहीं पा सका जिंदगी से एक और साल कम होता दिख रहा है लेकिन जिंदगी में कुछ भी खूबसूरत जुड़ता नहीं दिख रहा कई घंटों और महीनों बर्बाद करने के बाद अब मैं साल बर्बाद करने की ओर बढ़ रहा हूँ जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकूंगा ये तो बस इसी बात से तय हो गया कि मैं इस साल भी कुछ नहीं कर पाया बहुत सही है जिंदगी ऐसी ही चाहिए ना आखिर ना मंजिल का ठिकाना हो ना रास्तों का पता हो ना कामयाबी का शोर हो और ना ही जिंदगी का कोई नया मोड हो जिंदगी से और उम्मीद भी क्या लगाओगे जब हर अगला साल वक्त को गंवा बर्बाद कर करते जाओगे बहुत सही है मेरे दोस्त इसी तरह हर साल को गंवाए जाओ हर साल को अपनी जिंदगी से कटाई जाओ हर साल बस एक ही बहाना देना कि अगले साल कर लूंगा नए साल से कुछ नया करूंगा मेहनत करूंगा कुछ अलग करूँगा कुछ बड़ा करूंगा कामयाब बनूंगा बड़ी अच्छी लाइनें, है खुद को तसल्ली देने के लिए खुद की नजरों में झूठी इज्जत बनाने के लिए और आगे बढ़ने से खुद को रोकने के लिए हर साल वही हाल और हाल तो एकदम बेहाल फिर भी गुरूर ऐसी बुरा हाल लेकिन यही हाल हर साल और हर साल का एक खतरनाक जाल जिंदगी का कर देगा बड़ा भद्दा हाल जिंदगी के इस खेल में हर साल मायने रखता है हर दिन मायने रखता है लेकिन यहाँ तो दिन भी गवाना है और साल भी बस यही करते जाओ और जिंदगी को राख कर लो खुद को खाक कर लो इससे ज्यादा तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इससे बेहतर तुम्हारी तारीफ भी क्या कर सकते हैं जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा अगर हर साल यूं ही गवाते रहोगे हर साल दिन को बहनों में बहाते रहोगे अपनी आदतों के कारण नीलाम होते रहोगे लेकिन एक सेकेंड अभी ये साल कहाँ बीता है अभी भी दो महीने बाकी है यानी कि एक मौका और शेष है जो साल को बर्बाद होने से बचा सकता है हाँ मेरे दोस्त अभी भी दो महीने बाकी हैं और दो महीने में होते हैं साठ दिन अगर हर दिन को तुम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो मौके के रूप में देखते हो तो यकीन मानो तुम्हारे पास साठ मौके अभी भी बाकी हैं और ये काफी है अब शुरुआत अगले साल ऐसी नहीं अभी ऐसी करनी है वैसे भी किसी चीज को आदत बनाने के लिए इक्कीस दिन लगते हैं और तुम्हारे पास तो अभी साठ दिन बाकी है इसका मतलब अगर आज तुम अपनी आदतों को अपनी हरकतों को अपनी सोच को और अपनी मानसिकता को बदल लेते हो सुधार लेते हो तो आने वाला वक्त तुम्हें सलाम ठोकेगा तुम अपना बड़ा नाम देखोगे लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ठानना होगा कुछ बड़ा मानना होगा खुद को यह समझाना होगा खुद ऐसी ये वादा करना होगा की बस इन दो महीनों में इस साल को भी बर्बाद होने ऐसी बचाना होगा तो गौर से सुनना पहली बात कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो जिंदगी में कुछ करने कुछ बनने के लिए आपका एम बहुत मायने रखता है आपको आपके मंजिल को पाने से पहले उस मंजिल को पहचानना होगा और ये तभी हो पाएगा जब सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य तय करोगे दूसरी बात उस लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो की आपका लक्ष्य कितना टफ है उसमें कितना सपोर्ट मिलेगा उसमे कितना पैसा होगा या उसके फायदे कितने होंगे यकीन मानो अगर लालच करोगे तो वो आपके विजन को खा जाएगा अगर किसी चीज में आपका दिल लगता है उस चीज में आपका अपना रुतबा है उसे बिना घड़ी देखे आप घंटों तक कर सको उसमें अपनी जान फूक सको सबसे हटकर कुछ बड़ा कर सको कुछ ऐसा कर सको जो दूसरा कोई भी ना कर पाए तीसरी बात सीरियस नहीं बल्कि सिंसियर होना है और सिंसियर लोग कैसे होते हैं जिन्हें अपने टास्क को जल्दी और सबसे अच्छे तरह फिनिश करना आता है ये लोग कभी काम को टालते नहीं आलच दिखाते नहीं और झूठे बहाने बनाते नहीं तुम्हें सीरियस नहीं सिंसियर बनना होगा चीजों को जानना होगा और अपना काम लगातार करते जाना होगा बस एक विनती है इन दो महीनों में खुद को इतना तैयार कर लो कि कम से कम अगले पूरे साल एक्टिव रह सको इन दो महीनों में दिमाग से काम करने की आदत डालना अगले पूरे साल एक्टिव रहना सोना और रोना नहीं है बल्कि कुछ पाना और हासिल करना है जिस भी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो बस सोचना मत करने लग जाना और एक बात याद रखना तुम्हारे सपनों को पूरा करने स्वर्ग लोग से कोई फरिश्ता नहीं आएगा ये तभी हो पाएगा जब तुम अपना हर घंटा हर दिन हर महीना और अपना पूरा साल कुछ करने में बनाओगे कुछ बिगाड़ने और बर्बाद करने में नहीं अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और शेयर करना अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रेस्पॉन्स दिखता है तो मैं और भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन की वीडियो लेकर आने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लेना मोटिवेशन की कमी कभी नहीं होगी इसकी मैं गारंटी देता हूं जय हिंद वंदे मातरम